असलम व्यूवर्स आज आप देखेंगे कैसे हम इंस्टाग्राम से पोस्टेज जो सारी हैं वो वन टाइम पे ऑल पोस्ट डिलीट कर सकते हैं उसी के साथ साथ आप देखेंगे कि कैसे हम अपने इंस्टाग्राम को रिकवर करके किसी अच्छे से ऐप में तब्दील कर सकते हैं तो उसी के साथ साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए शेयर कीजिए अपने इंस्टाग्राम ओपन करना है उसमें आपने क्या करना है कि आपने इंस्टाग्राम ओपन किया आपने इंस्टाग्राम पर देखा कि आपके पास कितनी पोस्टर्स है उसी बाद आपने ऊपर के त्रीन रोड्स पर जाना है जहाँ पर सेटिंग से जाते हैं तो आपने क्या करना है आपने जाना है सिंपली इंस्टाग्राम के ऊपर जो तीन लाइन्स हैं जो सेटिंग सी लाइन है आपने वहाँ जाना है आप एक एक करके पोस्ट डिलीट करेंगे तो उसमें काफ़ी सारा आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा उसी के साथ साथ आपको यहाँ पे बताया जाएगा ये जो अंडर किया हुआ है ऊपर जो थ्री लाइन है वो अंडर के हैं फिर फोटोज़ एंड वीडियोज़ में जाना है आपने फिर उसके बाद पोस्टर्स पे जाना है पोस्टर्स पे जाना है तो उसके बाद आपको पास पोस्टर्स आ जाएंगी उसमें क्लिक करना है आपको जितनी पिक्चर्स आपने डिलीट करनी है या जितनी आपको नहीं चाहिए उतनी पिक्चर्स आपने डिलीट करनी है उसी के साथ साथ पिक्चर्स डिलीट होती जाएंगी और आपकी जो अकाउंट है वो रिकवर होता जाएगा अगर आपको हमारी और वीडियोस देखनी है जैसे कि व्हाट्सएप रिकवरी देखनी है या फेसबुक के अकाउंट को कैसे अच्छा बना सकते हैं या इंस्टाग्राम को कैसे बेहतर बना सकते हैं तो वो आपको इसी वीडियो में मिलेगा और इसी वीडियो में आपको देखने को मिलेगा कि कैसे आप अपने एक बिज़नेस अकाउंट को नॉर्मल अकाउंट बना सकते हैं या कैसे आप व्यूवर्स को अपने बारे में बता सकते हैं या वीवर्स इकट्ठे कर सकते हैं तो अगर आपका बिज़नेस अकाउंट नहीं चल रहा तो आप उसको कवर करके कि किसी भी अच्छे से प्यारे से क्वाइट अकाउंट में या किसी पोस्टर्स अकाउंट में या किसी भी फ्रेंड या फ्रेंडशिप के अकाउंट में तब्दील कर सकते हैं यहाँ पे आपको बताया जाएगा कैसे पोस्टर्स आपने डिलीट की करनी है तो ये मेरे पास एक अकाउंट पड़ा हुआ था तो मैंने उसकी सारी पोस्टर डिलीट करने पर रखी तो अचानक अचानक जो आपके पास अनवेलड पिक्चर्स होती हैं या नहीं चाहिए होती हैं में तो वो आप एक साथ कैसे डिलीट कर सकते हैं इस वीडियो में आपको ये बताया जा रहा है उसी के साथ साथ आपको देखने को मिलेगा कैसे वीडियोस डिलीट होती हैं कैसे पोस्टर्स डिलीट होती हैं कैसे स्टोरीज़ डिलीट होती हैं तो ये हमारी जो लगभग की थी आई थिंक 200 तक की पिक्चर्स थी 4000 पिक्चर्स मैं पहले डिलीट कर चुकी हूँ उसके बाद आपके पास बची थी मेरे पास बची थी 128 सौ पोस्टर्स तो वो एक पोस्टर्स मैंने कहा चलो वीडियो भी बना लेते हैं ताकि आपको भी पता चला आपका भी भला हो जाए मेरा भी भला हो जाए अगर आपका हमारी वीडियोज़ अच्छी लगते हैं तो लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए शेयर कीजिए अपने प्यारों के साथ और प्यार बांटते रहिए दिन का ख्याल रखिए और किसी के दिल आज़ारी ना कीजिएगा इसी के साथ साथ मुझे सपोर्ट करना ना बोले मैं हूँ आपकी दोस्त आपकी होस्ट आज मिश्रा खान आप सुन रहे हैं मुझे टेक्नोलॉजी के जहान से इसी के साथ साथ आपकी पिक्चर्स डिलीट हो चुकी हैं इसके बाद वीडियोस पे आते हैं वीडियोस जो वीडियोस हैं वो डिलीट करें आप अपनी जो जो भी फार जो भी कुछ अजीब व गरीब कॉन्टेंट है आप वो हटा सकते हैं तो अजीब वरीब कॉन्टेंट मैंने हटा लिया पोस्टर्स देखते हैं ये देखें यू हैवन पोस्ट एनी मतलब आपने कुछ पोस्ट ही नहीं किया है वो इंस्टाग्राम ही बच्चा से बन जाता है वो कहता है आपने कुछ पोस्ट ही नहीं किया भाई आप क्यों चाह रहे हैं फिर आपने जाना है एक्टिविटी ऑल पर मैंने आपको बताना भूल गई कि सेटिंग में uh, दबा के सेटिंग का बटन दबा के आपके पास आता है एक ऑप्शन एक्टिविटी ओल एक्टिविटी ऑल पर जाएँगे तो आपके पास पोस्ट और ये सारा कुछ आएगा तो जब सारा कुछ आ ही जाता है आपके पास तो आप आसानी से डिलीट कर सकते हैं मैं यहाँ पर वीडियोज़ डिलीट करूँगी और फिर उसके बाद मैंने वो भी डिलीट करना जो है जो आपके रिमाइंडर्स होते हैं या जो आपके अकाउंट पेजेस होती हैं या जो आपकी स्टोरीज़ होती हैं बंदा डाल देता है स्टोरीज़ भी डाल देता है तो अगर आपको एक अच्छा अकाउंट चाहिए तो कंटेंट बिल्कुल अकाउंट में एक डाले जैसे डालें जैसे पोइट्री का कंटेंट अकाउंट चाहिए तो पोइट्री डालें बिज़नेस चाहिए तो बिजनेस का डालें उसमें आपको पोइट्री करने की ज़रूरत नहीं है या आपको मीम्स का करना है तो आप मीम्स डाल सकते हैं ये अकाउंट ख़त्म हो गया है यहाँ पर यहाँ पे आपने मैंने जो अकाउंट में आर के कलेक्शन डाला था मतलब बिज़नेस अकाउंट को ख़त्म कर रही हूँ तो उसी के साथ साथ मैंने एक जिस पी आई सी डिपी से लग की डी हटा दी उसके साथ नाम भी इसका चेंज कर देते हैं इसकी इसका नाम रखते हैं दिल की बात है क्योंकि मुझे एक अच्छे से प्यारे से पोस्ट चाहिए जिसे लोग ढूंढते रहें और इंस्टाग्राम पे उनको मेरी पोस्ट अच्छी लगे तो वो यहाँ से उठा के अपने फेसबुक या व्हाट्सएप का स्टेटस पर लगाएँ तो उनका भी बुला हो जाएगा मेरा भी बुला हो दिल की बात मैंने यहाँ पर रखा अपने इंस्टाग्राम का नाम तो अगर आपको मेरा इंस्टाग्राम नहीं पता तो दिल की बातें सर्च करके आप ढूंढ सकते हैं <laughs> इससे एक और भी फ़ायदा हो जाएगा आप मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलोअर बन जाएंगे उसी के साथ साथ मैं अपना रियल नाम औरजनल नाम आरजे मिशा खान यहाँ पे मैंने डाल दिया यूज़र नेम में इसी तो के साथ साथ ये आपके ये आपसे मांगता है कि आपने कुछ थ्री वर्डिंग या फोर वर्डिंग वो डालनी है तो आपने डाल दी और ये हो गया हमारा अकाउंट एक्टिवेट इसी के साथ साथ चेंज क्रिएट पर चेंज कर रहे हैं नहीं बस डिस्ट कनेक्टेड कर रहे हैं और इसी के साथ साथ मेरा पेज यहाँ पे रेडी हो चुका है पोस्ट करने के लिए आप पोस्ट कहाँ से ढूंढे मेन बात होती पोस्ट कहाँ से ढूँढे मेरे पास मैंने डाउनलोड किया इमेज सर्च मैन तो आप भी इमेज सर्च मैन पे जाकर वहाँ पे लिखे उर्दू पोस्टर्स या कोई भी अच्छी वो वहाँ से भी आप पोस्ट उठा सकते हैं तो यहाँ से जो जो पोस्ट मुझे अच्छी लग, लगी मैंने वो उठा के डाउनलोड की सिंपली आपने डाउनलोड करना है उसको और सिंपली वो आपके पास डाउनलोड हो जाएगी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है आपने बस डाउनलोड करना है और फिर जाना है अपने इंस्टाग्राम पे तशरीफ़ लेके जानी है आपने इंस्टाग्राम पे आप तशरीफ़ लेके जाएंगे और प्यारी प्यारी पोस्टर्स ये वहाँ पे छाप देंगे यानी कि बेस्ट करना है आपने अब मैं यहाँ पे आई मैं अपनी जो पिक्चर्स मैंने वो की है मैंने इंस्टाग्राम की वो भी बन हुई थी तो मैंने पोस्टर्स करनी है तो ये मैंने पहले पोस्ट की आपको साथ साथ में बता बताती चलूं कि आप कैसे एक आ, एक वे में आप कैसे अपने इंस्टाग्राम को प्यारा प्यारा रख सकते हैं ताकि लोग भी आपके इंस्टाग्राम का विज़िट करें आपसे इंस्पायर होके कि हाँ भाई उसके अकाउंट पे एक ही चीज़ होती ये ला तदाद चीज़ें नहीं होती तो ये जो कॉन्टेंट मैंने बनाया दिल की बातों का दिल की बातें किसी की क्या भी कुछ भी बातें हो सकती हैं तो मैंने ये सी कुछ पोस्टर्स मुझे अच्छी लगी तो मैंने कहा सोचा कि चलें आपको इतना बता रहे हैं कि कैसे डिलीट करना है तो फिर इसको ये भी बता दें कि कैसे उसको रिक्रिएट करना है तो आपको इस वीडियो में रिमूव करना क्रिएट करना और डिलीट करना तीनों चीज़ें सिखा दी गई हैं तो आपको मुझे टाइम देने के लिए शुक्रिया आपकी शुक्र गुजार दुआओं में याद रखिए आप देख रहे थे हारजु खान को टेक्नोलॉजी का जहान से उसी के साथ साथ सैला अफान की मदद कीजिएगा और किसी भी ऐसे काम में ना पड़ेगा जिससे आपके वाले दे को तकलीफ हो मुझे दीजिए इजाज़त फिर मिलेंगे एक और वीडियो के साथ आप सुन रहे थे